ये के सुबह से लोग वेलकम बैक आज में मैं आपको बताने बताना कि कैसे आप आपके ब्लॉगर को मॉनिटाइज कर सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में हमारे प्लेटफॉर्म के साथ यस हमारा एक एड नेटवर्किंग साइट है जहां पर आपको फ्री में आपके ब्लॉगर का एडसन एडस नहीं बट अप्रूवल मिल जाएगा एड्स के लिए तो आपको क्या करना है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए उस पर क्लिक करना है फिर फॉर्म्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है उसके सामने आपको एक फॉर्म ओपन होगा उसे फिल आउट कर आपको सबमिट करना है विद इन द नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको एक पेज की लिंक होगी जिसमें से आपको जो भी कोड चाहिए वो आप कॉपी कर सकते हैं और फिफ्टी फिफ्टी परसेंट रिवेन्यू शेयर होगा आपको पर टू मंथ्स पे मिलेगा एंड और बहुत कुछ होने वाला है उस पर मैंने एक डिटेल लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ तो उसे भी चेकआउट कर लेना